अल्लाहम फ्रेंड्स वेलकम माई यूट्यूब चैनल बुक जैसे कि आप सब जानते हैं कल मैंने आपको बोला था प्लान ऑफ श्री के बारे में कि आपको तफसील से सब कुछ बताऊँगा पूरी डिटेल दूँगा अगली वीडियो में तो ये वीडियो मैं आपके लिए दोबारा लेके आ गया हूँ आपको मैं एक ऐसा मकाम दिखाने वाला जो दो से तीन हज़ार साल पुराने हैं और जो अंग्रेज़ लोग होते थे इस तरह के बड़े बड़े लोग जो यादगार लोग होते थे वो इस एरिए में अपनी रिहाइश रखते थे ठीक है उनका रहन कैसा होता था खाते पीते कैसे थे वो क्या यूज़ करते थे किस तरह की मतलब कि वो चीज़ें यूज़ करते थे ये सारे डिटेल आपको मैं इस वीडियो में दूंगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नहीं हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँचता रहे کیا حال ہو جائے گا یہ دیکھے ذرا یہ آپ کے سامنے توڑ رہے ہیں یہ دیکھے کتنا ایزیلی ٹوٹ رہے ذرا सामने ये टॉप पे आगे पहाड़ के फुल टॉप पे ठीक है इधर से अभी हम सारा व्यूज आपको चेक करवाते हैं थोड़ा सा रास्ता रह गया ठीक है तो साथ साथ में मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और इधर भी व्यूज आप चेक कर है सकते हैं आज हम आपको पूरे टैक्सली की सारी वीडियो चेक कराएंगे पूरा व्यूज चेक कराएंगे आपको ये देखिए मेरे दोस्त आ रहे हैं भाई आ रहे हैं ये नीचे जाने का रास्ता है ये हम नीचे जाने वाले हैं भी चेक करें बहुत छोटा रास्ता है। ये जरा देखें बहुत ही मुश्किल से मैं आया हूं ठीक है सिर्फ आपके लिए आपको व्यूज देने के लिए आपको आप ये वीडियो दिखाने के लिए कि हमारा शहर कितना खूबसूरत है तारीख गुआ है कि ये बहुत ही खूबसूरत है तो गाइस सी जरा चेक करिए देखिए पहाड़ों को काट काट के ना इधर से रास्ता बनाया जा रहा है ये ये पहाड़ काट के मशीन लगी हुई है बहुत बड़ी ठीक है ये सारा रास्ता बना के ऊपर गुजारा है ठीक है तो चलो से हम एक वीडियो का करते हैं एंड आपको पार्ट थ्री में मिलेंगे ट्रैक्टर मिलेगा सारा भी करवाएंगे ठीक है उसके बाद इन शाला आप